गंगा के इलाके में खड़ा है तू इलाका तो कुत्तों का होता है शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है